आज चलते हैं जमीन से 500 फीट नीचे आखिर क्या होता है जमीन के 500 फीट नीचे पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा यार हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कॉल करके अपने कहना यह है की हमारे इस के अंदर कुछ न कुछ ऐसा फसा है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आ रहा है और पानी की जगह ये कॉन्क्रीट जो है उस पाइप से बाहर आ रही है और उनका कहना यह भी है की साथ ही साथ ये जो हड्डिया है छोटी बड़ी वो भी एक से साथ साथ निकल रही है तो हमें यह पता लगाना है की इस बोरवेल के अंदर ऐसा क्या पासा हुआ है तो चलिए आप सीधा हमारा कैमरा जो है इस बोरवेल के अंदर डाल देते हैं फ्यूचर सो भाई यार इस बोरवेल के जो मालिक है वो मेरे पास है और इनसे पूछ लेते हैं कि इस बोरवेल की गहराई कितनी है तो भाई साहब इस बोरवेल की गहराई कितनी है 580 सौ अस्सी फुट तो इनका कहना है की पांच सौ अस्सी फीट है, है और समस्या कहां पे आ रही है इस बोरवेल में 350 मतलब साढ़े तीन फीट के ऊपर इनको समस्या महसूस हो रही है पानी बाहर नहीं आ रहा है पानी की जगह कंक्रीट बार आ रही है तो, हाँ कंक्रीट बार आ रही है आ, तो आ, हम अपना कैमरा जो है वो इसके अंदर डालते हैं और देखते है की क्या दिखाई देता है और साथ ही साथ यही पता लगाएंगे की ये पाताल के अंदर जो पानी होता है वो किस प्रकार से बहता है या किसने कहता है चलिए अब भाई यार कैमरा अंदर डालने से पहले इस बोलने की जो एक खासियत है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं तो आप पास आ जाइए हेलो हेलो हेलो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर, कर, कर, कर, कर, कर देना अब कैमरा डालते, डालते हैं आया ना मजा सो भाई सब कुछ सेट हो चुका है हम इस मशीन की मदद से इस कैमरा और हमारी बैटरी को पाताल के अंदर भेजने वाले मैंने इस कैमरे को ऑन कर दिया है और मैंने अपने स्टोर को भी ऑन कर दिया है तो अब इस पाताल की शेयर करते हैं और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ जो अंदर जो कुछ भी दिखेगा वो आप जिंदगी में पहली बार ही देख रहे होंगे तो अब हम शुरू करते हैं डाल दीजिए इस शानदार वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि आपका एक शेयर हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता है इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना so guys yaar mujhe nahi pata ki yaar aap logo ko is boiler ke andar abhi tak kya kya dikhai de chuka hoga ya आप देख रहे होंगे अगर वीडियो में मजा आता है वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हम मिलते हैं ऐसे कमाल के वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय और अब इस शेयर का और भी आप आनंद लीजिए